अरे भाई चतुर्भुतिया आ गया तू पिछले तीन हफ्ते पहले बात करके गया था तू पेंट करने की घर पे और आज दिखा रहा है सकल अपनी कहाँ था अरे बाबूजी वो जो पिछली वाली वीडियो थी हमारी वो ट्रेंडिंग में लग गई थी पेंट भी लिया।, ही। के तो भी लिया अच्छा पेंट भी लिया कौन सा कलर लाया टोतई अरे ये तो कलर क्यूँ लिया ये पसंद ना है मुझे अरे बाबू एक बार ये वाला कलर करवा के तो देखो पूरी गली में घर ऐसा लगेगा जैसे मिठू बैठा हो डाल पे। चल चल मुझे ना डाल पे। बदल के आ रहा हूँ मैं इसे कहा से लाया बता बदल के आ रहे हो अबे यार अगर मैंने इन्हें दुकान का पता बता दिया तो ये तो बदलने चले जाएंगे और फिर इन्हें पता चल जाएगी कि मैंने ले चतुर्पुतिया तेरी पट्टी और तेरा पेंट तीन हजार रूपए लिख दे बाहू के खाते में और दो कैश दे दे मुझे अब चतुर्पत आटे में नमक खा रहे है तू तो पूरा में आटा खा रहा है अब तू ज्यादा फालतू मत बोल तू से करूं, तुछ तुछ कर। ठीक है ना तुझे पता ना हमारे खर्चे कैसे निकले लिखो तो मैं दूंगा किसी को पता चल गये तो फिर क्या करेगा अरे मेरे बाबू जी के यहाँ भी आदमी आए ना तुम पाँच हजार बटाना बाकी जानी ओ चतुर्भुतिया चतुर्भुत्या बता दे डब्बा कहाँ से लाया बदल के आना मुझे और हंसका इतना सेवेंजर की एक वीडियो का जोक याद आ गया था ना अबे ज़्यादा हजमत चतुर मुझे ये बता इस डब्बे को से लाया बदल के आ रहा हूं कैमरा कैमरामैन चढ़ भैया रुको कैमरा ट्राईपोर्ट पे लगा दू अरे चतुर पुतिया तू यहाँ कैसे तुझे तो मैं घर से उड़ के आया वो मेरी बात हो गई थी फोन पे तो यही कह रहे हैं भाई जो ले उससे बदलेंगे हम अन्य कोई और लेके तो मारेंगे अबे लेकिन मेरे से भी पहले कैसे आ गया दुकान तो पे छत च्छत छतों पे कुछ चढ़ के आया मैं और लग गई तुम्हारी वजह से अब छतों पे चढ़ के आएगा तो लगेगी ले पकड़ इसे बदल के लेके आया जल्दी मैं यही खड़ा हूँ बटल खड़ा बटन मालिक को पसंद न आया कलर बदलता तो मैं दूंगा लेकिन नया माल कल आ रहा है ये आखिरी पीस ही बचा है चल ठीक है लेकिन पैसे वही लिखे रहने दियो और मालिक बाहर खड़ा आगे पूछन भी लेगा ना पाँच हजार रुपए ठीक है चलो भाव जी इन पर ये आखिरी डिब्बा बचा हुआ है यूँ कह रहे हैं कल नया माल आएगा कल ले जाइयों चल तो कोई दिक्कत नहीं है कल ले लियो माल इनसे और तोते ही कलर मत लियो जामनी लियो ठीक है चला तेरे को खर्चे पानी के पैसे भी दे देता हूँगे बाबू जी खर्चे पानी को तेरे तो पे, तो? पे कहा से आ गए वो बस आ जाते एक है एक जगह है करी लेता हूँ इधर ना उधर सके हाथ मार मार के मतलब इंतजाम करके मेहनत